देव, मंगलवार देव का, मंगल का दैनिक राशिफल आप सभी श्रोतागणों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रस्तुत राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है आपके चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानमंत्री जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंतित तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जब भी आप प्यारे श्रोतागढ़ राशि फल देखा करिए तो जन्म राशि की ही प्रधानता दिया करिए नाम राशि की आपको चिंता भी नहीं करनी है 21 जनवरी का पंचांग क्या कह रहा है आप सभी मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए तो चलिए पंचांग पर चलते हैं विक्रम संबत 2076 हजार छिहत्तर सख संबत उन्नीस इसके अलावा आज जो तिथि रहेगी ये कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी ब्रह्मा वस्त पुराण पर आ जाते हैं हमने बताया था ना एकादशी को चावल और द्वादशी को मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए लाल रंग के जो भी साग होते हैं उनका सेवन द्वादशी को नहीं करना चाहिए आ, इसके अलावा सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर उनसठ मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर पैंतीस मिनट पर मंगलवार दिन रहेगा हनुमान जी का दिन रहेगा और उत्तरायण हो चुका है आप लोगों को पता है नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठ है इसके बाद मूल नक्षत्र रहेगा दोनों ही गंड मूल नक्षत्र है करण रहेगा कलो और अंतिम करण रहेगा तैतिल ध्रुव योग आज रहेगा दर्शकों शुभ समय पर आ जाते हैं आज अभी जीत मुहूर्त रहेगा जो है सुबह ग्यारह बजकर छप्पन मिनट से बारह बजकर अड़तीस मिनट तक की वही राहु काल की बात करें राहु काल में शुभ कार्यों को करने से बचिएगा तो दोपहर दो, दो बजकर छप्पन मिनट से चार बजकर पंद्रह मिनट तक का काल रहेगा चंद्रदेव आज चलायमान रहेंगे ये वृश्चिक राशि में चलायमान रहेंगे और रात में सवा बजे के बाद फिर ये धनुराशि में गोचर करेंगे तो चंद्रमा पूरे दिन जो है वृश्चिक राशि में चलायमान रहेंगे सूर्यदेव कैप्लीकोन मकर राशि में चलायमान है इसके अलावा दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे की आज का दिशा उत्तर दिशा की ओर यात्रा मत करिएगा यदि करना पड़ जाए तो कोशिश मीन राशि का क्या रहेगा हाल आइए राशि तो के जातको आज नई नई योजनाएं बनेंगी कार्यप्रणाली में सुधार होगा कोर्ट व कचहरी के काम आज आसानी से निपटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं धन लाभ आज सुगमता से होगा आज आपके मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा लेकिन कोई अज्ञात भय मेष राशि के जातकों को सताएगा आज आपके प्रतिद्वंदी शांत रहेंगे कुछ मस्तिष्क से जुड़ी हुई पीड़ा हो सकती है कार्य समय समय पर आज आपके बनते रहेंगे किसी से झगड़ा मत करिएगा उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करिए शुभ कलर रहेगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा छः वृषभ राशि कीमती वस्तुओं को आज आपको संभाल कर रखना होगा वाहन व वा मशीनरी के प्रयोग में सावधानी बरतिएगा वाहन धीमे चलाइएगा जल्दबाजी आज, आज आपके ऊपर भारी पड़ सकती है घर परिवार की चिंता रहेगी क्रोध पर नियंत्रण अपने रखिएगा व्यवसाय ठीक रहेगा इनकम अच्छी होगी और आज नए लोगों से कांटेक्ट आपके बनेंगे कोई जोखिम का काम न करें उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा सुंदर का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर रहेगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा दो मिथुन राशि चोट व रोग से आज आपका चमत्कारिक रूप से बचाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा बाधाएं दूर होंगी लाभ के अवसर आपके हाथ में आएंगे आज आपके जीवन में व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी आराम का समय भी नहीं मिलेगा आज लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे कुल मिला के लाभ होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो हनुमान अष्टक का पाठ करिए गाय को गुड़ खिलाईए शुभ कलर रहेगा भाई, शुभ अंक रहेगा छः कर्क राशि सत्तू परास्त होंगे लाभ के अवसर आज आपके हाथ आएंगे कोई संपत्ति की आज खरीद फरूख की योजना बनेगी आज आपके लाभ में वृद्धि होगी दूसरों से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा आज कोई नई नौकरी का सृजन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है पारिवारिक उन्नति के योग बन रहे हैं घर बाहर प्रसन्नता आज आपके बनी रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज पीपल के वृक्ष पर जल में गोल डालकर के अर्पण करिए शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा आठ सिंह राशि आय के नवीन नवीन अवसर बनेंगे परीक्षा व साक्षात्कार आदमी आज सफलता प्राप्त होगी अटके हुए कार्यों में जो है गति आएगी यात्राएं आज, आज आपकी मनोरंजक रहेगी मनपसंद भोजन का आज आनंद आपको प्राप्त होगा वरिष्ठजनों का साथ व सहयोग मिलेगा कल के काम आज ही निपटा लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज सुंदरकांड का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर रहेगा हरा शुभ अंक रहेगा पाँच कन्या राशि कोई बैड न्यूज मिल सकती है पिता के साथ आज आपका तनाव रहेगा विवाद को बढ़ावा मत दीजिएगा यही आपके लिए बेहतर रहेगा परिवार में कुछ मतभेद हो सकता है कोई पुराना रोग उभर करके सामने आ सकता है लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है आज आपको काम में मन नहीं लगेगा और आज आपको आय से संतोष नहीं रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए शुभ कलर रहेगा नीला शुभ अंक रहेगा दो तुला राशि थोड़े से प्रयास में आज आप सफल होंगे सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा व धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपका व्यवसाय व व्यापार अच्छा चलेगा आज, आज आप अपने वाड़ी पर नियंत्रण करिएगा जो भी कानूनी अड़चन आ रही है दूर होती हुई दिखाई पड़ रही कोई कोर्ट कचेरी के मामलों में आपकी जीत हो सकती है कुल मिलाकर के समय बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी को चांदी का वर्ग आपको लगाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक रहेगा दो वृश्चिक राशि के जातकों आज घर में अतिथियों का आगमन होगा आज आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है कोई शुभ सूचना आज आपको प्राप्त होगी मन में प्रसन्नता रहेगी आपके द्वारा की गई यात्राएं सुखद रहेगी कीमती वस्तुओं को संभाल करके रखने का आज दिन रहेगा धन हानि संभव है व्यवसाय ठीक रहेगा घर के सदस्य आज, आज आपको सहायता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और आपसी मतभेद समाप्त होंगे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना है कि चमेली के तेल में सिंदूर डिप करना और हनुमान जी को आज आपको लगाना रहेगा साथ ही साथ आज एक लाल रंग का चोला ये हनुमान जी के मंदिर में आपको चढ़ाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है सेजिटेरियस अर्थात धनुराशि तो धनुराशि के जातकों भाग्योन्नति के प्रयास आज आपके सफल रहेंगे रोजगार आसानी से प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है व्यवसायिक यात्राएं आज आपकी सफल रहेंगी अप्रत्याशित लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है लॉटरी सट्टे से यहाँ पर दूर रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं कुछ आपके मन में बेचैनी रहेगी नेत्रों से संबंधित कोई पीड़ा हो सकती है आज ऑफिस में आपका कोई विरोध कर सकता है अपेक्षा कार आज आपका समय पर पूर्ण होने से मन में प्रसन्नता वृद्धि रहेगी लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा धनु राशि के जातकों को तो देखिए धनु राशि के जातकों आज करना ये रहेगा कि बंदरों को गुड़ और चना डालना है साथ ही साथ अगर कहीं गाय मिल जाए तो रोटी में गुड़ लगा करके चुपचाप आप खिला दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कैप्लीकॉन जी हां मकर राशि लेकिन दर्शकों आगे बढ़ें फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कमेंट में जय श्री राम का उद्घोष करिए साथ ही साथ दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि हम आपके शहरों में आते हैं आप लोग मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं वार्षिक राशिफल दो सभी राशियों का हमारे चैनल पर पड़ चुका है तो चलते हैं मकर राशि की और मकर राशि के आज कोई पुराना रोग उभर करके सामने आ सकता है आज आपके अप्रत्याशित खर्चे आपके सामने आएंगे बनते कामों में कुछ विलंब होता हुआ दिख रहा है बेवजह किसी से कहा सुनी हो सकती है इसलिए शांति बनाए रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं अपरिचित व्यक्तियों पर अति विश्वास ना करें अन्यथा आज आप धोखा खा सकते हैं व्यवसाय आज आपका ठीक चलेगा लेकिन इनकम उतनी संतोषजनक नहीं रहेगी इनकम आपकी कुछ कम होती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा दुर्गा सप्तशती के अष्टम अध्याय का पाठ करिए तथा सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करके तभी घर से बाहर निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कुंभ राशि कुंभ राशि के जातकों आज आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा परिवार की आवश्यकताओं पर आज आपका खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा व मन में कुछ चिंता रहेगी बकाया वसूली के प्रयास आज आपके सफल होंगे आय में वृद्धि होगी व्यावसायिक यात्राएं सफल रहेंगी आज आपके उच्चाधिकारी आपसे बड़े प्रसन्न रहेंगे घर बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी जल्दबाजी करने से बस आज आपको बचना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको जो है कोशिश करना है हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कांड का का पाठ करिए आज हनुमान जी को बेसन से जुड़े हुए किसी मिष्ठान आपको भोग लगाना है शुभ शुभ कलर आपके लिए आपके लिए रहेगा ब्राउन और अंक ंड करिएगा लाइक कर दीजिए तो अंतिम राशि राशि के जातको पूजा पाठ में आज आपका मन लगेगा आज आपकी मुलाकात किसी साधु संत से हो सक सकती है आज आपको व्यापार में अधिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा सामाजिक कार्यों में भाग लेने का सुअवसर मिलेगा किसी धार्मिक क्रियाकलापो क्रियाकलापों में भी आज आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी कार्य सिद्धि का योग बन रहा है प्रसन्नता आज आपके मन में रहेगी जीवन साथी के लेकिन स्वास्थ्य की कुछ आपको चिंता रहेगी आज, आज आपका व्यवसाय ठीक चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो आज आपको हनुमान अष्टक का तीन बार पाठ करना रहेगा और धार्मिक स्थानों पर आज आप लोग सुंदर कांड का या रामचरित मानसान लेकर लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए और शिवम जी का चैनल है राजनीति उसको भी आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर सकते सब्सक हैं इंड स्क्रीन में जो है उनके चैनल का लिंक आ रहा है दीजिए इजाजत मिलते है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम दी सरे, दी सरे